इस वीडियो में 2022 में आई क्राइम थ्रिलर मूवी धोखा रांटी कॉर्नर का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं इस मूवी को एम पर 8.1 एट पॉइंट वन अटो तो की शानदार रेटिंग मिली है साथ ही नाइनटी परसेंट गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है मूवी की स्टोरी में एक औरत को एक टेरिस्ट होस्टेज बना लेते हैं मगर वो औरत एक अजीब सी बीमारी की भी शिकार होती है जिसकी वजह ऐसी उस टेरिस्ट को भी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है उसके बाद उसके साथ क्या होता है जानने के लिए इस वीडियो को आज तक जरूर देखना साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना तो चलिए बिना किसी देरी की मूवी शुरू करते हैं मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल यथार्थ और सांची को देखते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते थे मगर लास्ट कुछ मंथ से उनका रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और सांची यथार्थ से डिबोर्स लेना चाहती थी वो उससे दूर यू जाना चाहती थी पर ये सब सुनने के बाद यथार्थ गुस्से में अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है रास्ते में वो एक साइकिल विद्या को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बताता है तब विद्या उससे मिलने के लिए कहती है ऑफिस पहुँचने के बाद यथार्थ के बॉस उसे बताते हैं उसे सिंगापुर क्लाइंट मीटिंग के लिए जाना होगा पर यथार्थ इन हालातों में कहीं भी जाना नहीं चाहता था तभी ऑफिस में न्यूज में यथार्थ देखता है कि एक टैलिश हगुल ने उसकी बिल्डिंग को हाईजेक कर लिया है और उसने उस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 302 को हाईजेक किया था जो कि यथार्थ का ही था यह सब देख कर घबराते हुए जल्दी ऐसी अपने घर पहुँचता है जहाँ पर बहुत सारी पुलिस और मीडिया आई हुई थी वहाँ पहुँचकर यथार्थ ए मलिक को बताता है की टैलिश ठगुल ने जिस फ्लैट को हाईजेक किया है वो उसका ही फ्लैट है और उसमे उसकी बाइफ सांची और उसके मेड यशोदा रहते हैं तब मलिक अथार्थ को बताता है कि उन्हें सिक्योरिटी गार्ड से पता चला है कि उसकी मेड यशोदा हाईजेक से कुछ देर पहले ही मार्केट गई थी और अब उसके फ्लैट में अगुल के साथ उसकी तरफ बाइफ ही है उधर अगुल सांची को गन पॉइंट पर लेकर पानी लाने के लिए बेचता है दरअसल राहुल को कुछ मंथ पहले ही एक बॉम्ब ब्लास्ट में मलिक ने अरेस्ट किया था और वो आज दिन में जेल शिफ्टिंग के टाइम आरोप उनकी कैसे आजाद हो गया था अब अगुल मलिक को अपनी डिमांड बताता है की वो उसके फ्रेंड जिबान को उसके पास लेकर आए और फिर वो अपने फ्रेंड जबरान के साथ उनकी कार लेकर यहाँ से निकल जाएगा और अगर उन्होंने कोई भी चालाकी चलने की कोशिश की तो वो सांची को मार देगा उधर मीडिया अगुन के बारे में तरह तरह की बातें अपने चैनल पर दिखाई जा रही होती है जो उसे और ज्यादा इरिटेट कर रही थी तभी सांची अगुन से कहती है की वो अपना काम करने के बाद उसे मार दे क्यूँकी उसे अपनी जिंदगी ऐसी वैसे भी प्यार नहीं है क्यूँकी उसका हसबैंड यथात तो उसे रोज ही मारता है दूसरी तरफ यथात मलिक को बताता है की उस टेरिस्ट के साथ उसकी जो बाइफ है वो कोई नॉर्मल हाउस वाइफ नहीं है वो डिलीजनल डिसऑर्डर से अफेक्टेड है वो भी एडवांस स्टेज पर यानी वो किसी भी झूठ को सच मान लेती है और किसी भी सच को झूठ उसे जो अच्छा लगता है वो उसी को सच मानकर कर बिहेव करने लगती है वो पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है, हैलिक को बताता है कि जैसे आज वो सुबह उससे डिवोर्स के लिए झगड़ने लगी मगर आज तक उन दोनों के बीच कभी डिवोर्स की बात ही नहीं हुई थी साथी वो बताता है की सांची को लगता है की उसकी साइकेटिस्ट डॉक्टर विद्या ऐसी उसका अफेयर चल रहा है और उसी वजह ऐसी वो उससे डिवोर्स लेना चाहती है और उधर यही बात सांची अगुल को बताती है कि अथात ने विद्या को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया हुआ है और वो दोनों मिलकर सांची को पागल साबित करने के लिए लगे हुए हैं ताकि सांची को पागल खाने बेच वो उसका केयर बन जाए और उसकी सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाए और यही रीजन था जिसकी वजह से यथात सांची को डिवोर्स देना नहीं चाहता था यहाँ पर अथात और सांची दोनों के अलग अलग परस्पेक्टिव चल रहे होते है अब उन दोनों में ऐसी सच कौन बोल रहा था ये तो हमें आगे ही पता चल पायेगा उधर सांची की मेंटल कंडीशन के बारे में जानकारी लेने के लिए मलिक विद्या को कॉल करता है और वो भी सांची को मेंटल डिस्टर्ब बताती है जिसके लिए वो उन्हें इस तरह की दवा भी दे रही होती है और अब यथार्थ को डर था कि अगर सांची ने टाइम पर दवा नहीं ली तो वो कुछ भी हरकत कर सकती है जो काफी डेंजरस भी हो सकती है तभी वहाँ पर सांची की मेड़ यशोदा आ जाती है और वो भी मलिक को यही बताती है की वो यथार्थ सांची की दवा को उसे बिना बताए चुपचाप खिलाया करते थे क्यूँकी अगर उसे पता चल जाता था तो वो दवा खाने ऐसी मना कर देती थी उधर इस केस की वजह से मिनिस्टर कमिश्नर पर प्रेशर बना रहे होते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हगुल को पकड़कर जेल में डाले क्योंकि मीडिया ने इस केस को लेकर काफी बवाल जो मचाया हुआ था उसके बाद हगुल मलिक को अपनी एक और डिमांड बताता है कि उसे कार के साथ पचास लाख रुपए कैश भी चाहिए और इसके लिए वो उसे दो घंटे का टाइम देता है और इसीलिए मलिक के पास कमिश्नर की कॉल आती है और वो बताते हैं की ऊपर ऐसी इस केस को लेकर बहुत प्रेशर है अगर उन्होंने दो घंटे में कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया तो ये केस एन को टेक कर दिया जाएगा और उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे उधर सांची अपनी प्यार भरी बातों से अगुल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है और यथार्थ कॉल करके अगुल से बात करता है कि वो सांची को उसकी दवाई खिला दे जो कि बाथरूम में स्विच के अंदर एक बोतल में रखी हुई है और उन्हें दवा उसे छुपके से खिलानी होगी अगर उसने दवा नहीं खाई तो वो कुछ भी गलत कर सकती है जो हम सबके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगी और ये बात सुनकर सांची अगल ऐसी कहती है की उसका हसबैंड उसे वो दवा देकर पागल बनाना चाहता है क्यूँकी उस दवा को लेने के बाद वो पागलों जैसी हरकतें करने लगती है पर हगुल उसकी कोई भी बात सुने बिना उसे चाय बनाने के लिए कहता है उधर यथार्थ मलिक से जिब्रान के बारे में पूछता है तब मलिक बताता है कि जिब्रान हगुल का साथी था मगर इस टाइम पर वो फरार है उसके बाद यथार्थ सांची की कंडीशन के बारे में मलिक को बताता है की एक बार बोध सांची और विद्या साथ में बातें कर रहे थे जहाँ पर विद्या ने यथार्थ की थोड़ी तारीफ कर दी थी और यह सुनकर साँची क्रेजी बेहेव करने लगी वो कहने लगी की उन दोनों का अफेयर चल रहा है और उसने एंगर में आकर विद्या को चोट भी पहुंचा दी थी दूसरी तरफ इसी इंसिडेंट के बारे में सांची अगुल को कुछ और ही बताती है वो बताती है कि एक बार जब वो मार्केट से अचानक घर पर आई थी तो उसने अपने बेडरूम में विद्या और अर्थार्थ को एक साथ देख लिया था जिसकी वजह से उसने गुस्से में विद्या को चोट भी मार दी थी और अब अगुल अपनी कहानी सांची को बताता है की वो अपने गाँव ऐसी अपने चाचा के साथ मुंबई आया था ताकि वो यहाँ आरोप काम करके कुछ पैसे कमा सके वहाँ पर उसके चाचा ने कुछ लड़कों के साथ उसे रूम दिलवा दिया था और उसे पार्सल डिलीवरी का काम भी मिल गया था हमेशा की तरह एक दिन अगुल एक पार्सल को लेकर बॉयस हॉस्टल में आया और वहां उसे डिलीवर करके चला गया बाद में उसे पता चला कि उस पार्सल में बॉम्ब था जिसकी वजह से उस बॉयस हॉस्टल में तेरह लड़कों की जान चली गई थी और इसी की वजह से पुलिस ने अगुल को अरेस्ट कर लिया था जहां पर पुलिस ने उसे मार मार कर कन्फेस्ट कराया था की उसने ही वो बॉम ब्रास्ट जानबूझ किया था जबकि उसमें गलती उसके चाचा की थी उसे तो पता भी नहीं था की उस पार्सल में क्या था अब इसी पर्स्पेक्टिव को मलिक कुछ अलग तरह ऐसी बताता है उसके अकॉर्डिंग हगुल पाकिस्तान से ट्रेंड होकर मुंबई आया था और वो वहाँ पर बॉम्ब बनाने का काम किया करता था एक दिन मौका पाकर उसने खुद के ही बॉम्ब को बॉयज होस्टल में छोड़ दिया जिससे वहाँ पर तेरह मासूम बच्चों की मौत हो गई और तब वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड की हेल्प से उन्होंने हगुल को पकड़ पाया था कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दी थी मगर वो जेल शिफ्टिंग करते टाइम उनके केस ऐसी उनकी रिवॉल्वर लेकर भाग निकला था उधर सांची अगुल के बहुत ही करीब आकर उसे सीड्यूस करने लगती है और बेचारा अगुल भी उसके प्यार की नैया में डुमकिया मारने लगता है उधर एक चमन चूतिया रिपोर्टर टीवी पर बैठकर फालतू में चिल्ला रहा होता है कि पूछता है भारत पूछता हूं मैं दूसरी तरफ सांची और हगुल इतने करीब आ जाते हैं कि सांची हगुल के साथ उसके गांव जाने के लिए रेडी हो जाती है और हगुल भी उसके प्यार में पागल होकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए रेडी होता है वहाँ सांची अगुल ऐसी कहती है की वो खाली रिवॉल्वर को उसके सर पर रखकर उसे नीचे ले चले और फिर वहाँ ऐसी वो उसकी कार लेकर निकल जाएंगे और अगुल को सांची आरोप भरोसा था तो वो ऐसा ही करता है मगर नीचे आने के बाद सांची उसे धोखा दे देती है और पुलिस से कहने लगती है कि इसके रिवॉल्वर में बुलेट्स नहीं है और वो उसे धक्का मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर हगुल उसे भागने नहीं देता और दोबारा से ऊपर फ्लैट में ले आता है जहाँ पर हगुल को अब सांची पर बहुत गुस्सा आता है उधर पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही होती है इसीलिए अथा तो मलिक के बीच बार आर्गूमेंट हो जाता है क्यूँकी वो सांची की सेफ्टी को लेकर बहुत परेशान था ऊपर सांची का बेबीर एकदम ऐसी चैन हो चुका होता है वो हगुल ऐसी कहने लगती है की वो कौन है और उसके घर में क्या कर रहा है वो ऐसे बिहेव कर रही थी की इससे पहले जो भी कुछ उसके साथ हुआ था वो उसे याद ही नहीं था उसके इस पागलपन को देखकर कर उसे एक चेयर पर हाथ बांधकर बैठा देता है नीचे यथात मलिक को एक शॉकिंग बात बताता है कि सांची का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो उसके साथ ही यूके भागने वाली थी पर यथार्थ को यह नहीं पता था की वो पर्सन कौन था उधर सांची के इस बिहेवियर को देखकर हगुल को याद आता है की यह सब यथार्थ के द्वारा बताई गई दवा की वजह ऐसी ही हो रहा है क्यूँकी जब सांची चाय बना लाई थी ने उसकी दवा को उसकी चाय में डाल दिया था पर अब अगुल समझ गया था कि सच में वो दवा सांची को पागल बनाने के लिए ही थी। अगुल अब वो सारी बातें सांची के सामने रिपीट करता है जो उसने अगुल को बताई थीं। पर सांची को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है इसीलिए अब खुद पागल सा हो रहा होता है और वो मलिक को वार्न करता है की घंटे में अगर सांची का हसबैंड पैसे लेकर उसके पास नहीं आया तो वो सांची को मार देगा यह सुनकर यथार्थ मलिक ऐसी कहता है की वो कहीं से भी पैसे की जुगाड़ करके एक घंटे के अंदर आ जाएगा तब तक वो यहाँ पर संभाल ले और उसके लिए यहाँ अपने ऑफिस से और कुछ फ्रेंड से पैसे उधार ले लेता है और इस तरह कई सारी जगहों से वो 50 लाख रुपयों को अरेंज कर लेता है और पुलिस भी कवर्ड ऑपरेशन करने के लिए अपनी टीम को रेडी कर लेती है तभी उधर सांची नॉर्मल हो जाती है और उसे पहले की सारी बातें याद आ जाती है वो फिर ऐसी अगुल ऐसी प्यार ऐसी बात करने लगती है जहाँ पर एक बार फिर ऐसी वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते है पर अगुल को लगता है की कहीं फिर ऐसी तो सांची कोई चालाकी नहीं चल रही है तो वो उससे दूर हो जाता है तब सांची कहती है कि सारे मन एक जैसे ही होते हैं कभी औरत की ख्वाहिशों को पूरा ही नहीं कर सकते वहाँ पर वो अपने उस लवर के बारे में भी बात करती है जिसके साथ वो इनके जाने वाली थी मगर अब वो कहती है कि जब उसे वो मिल गया है तो वो उसके साथ ही यहाँ से जाएगी और फिर ऐसी अगुल का दिल पिघल जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए रेडी हो जाता है साथ ही वो सांची को लेकर बाथरूम में आता है जहाँ पर वो सांची को यथार्थ के द्वारा छुपाई गई उसकी दवा को दिखाता है और उसके सामने उस दवा को फलस कर देता है ताकि उसे उस पर यकीन हो जाए और ये सब देखकर सांची अगुल को गले लगा लेती है अब वो भी उसके साथ जाना चाहती थी क्योंकि उसे अगुल की नजरों में सच्चा प्यार देख रहा था और तभी नीचे आता पैसों का बैग लेकर आ जाता है पुलिस उसे ऊपर अकेले बैग के साथ भेज देती है जहाँ पर अचानक से कुछ गोलियाँ चलने की आवाज आती है और मलिक अपनी टीम के साथ तुरंत ऊपर पहुँचते है जहाँ पर वो देखते है की अगुल के हाथ में रिवॉल्वर लगी हुई है और उसके सामने सांची मरी हुई पड़ी है यह देख पुलिस अगुल को पकड़ लेती है वो चिल्लाता रहता है कि उसने सांची को नहीं मारा है पर मलिक उसे अरेस्ट कर लेता है और नेक्स्ट डे कोर्ट की सुनवाई में अर्थात अपना पक्ष रखता है कि जब वो ऊपर पैसों की बैग के साथ पहुंचा था तो वहाँ पर सांची ने उससे कहा था कि वो उसे यहाँ से ले चले और ये बात सुनकर हगुल सांची से कहने लगा था की वो उसके साथ जाने वाली थी और फिर से वो उसे धोखा कैसे दे सकती है और फिर गुस्से में आकर हगुल ने सारी गोलियाँ सांची के ऊपर चला दी जिससे उसकी मौत हो गयी आरोप अगुल अपने पक्ष में बताता है की सांची को पागल बनाने की दवा देता था और इसलिए सांची को अब उससे प्यार हो गया था और वो दोनों वहाँ ऐसी निकलने वाले थे और जब यथार्थ ऊपर गया था तो उसने सांची को गालियां देना शुरू कर दिया था जिससे गुस्से में सांची ने अगुल से अथात को मारने के लिए कहा था पर यथार्थ ने हगुल को बातों में फंसा उसके पास आकर उसके हाथों ऐसी ही जबरदस्ती सांची आरोप गोलियाँ चलवा दी जिससे उसकी मौत हो गयी पर इसके बाद मलिक फोट को बताते है की झूठ बोल रहा है जब उन्होंने उसे अरेस्ट किया था तब वो इसी तरह की मनगढ़ंत बातें किया करता था वो खुद से ही स्टोरी बना लेता था और जब उन्होंने उसका टेस्ट करवाया तो उन्हें पता चला कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है यह सब सुनने के बाद कोर्ट अगुल को पिछले तेरह मर्डर और सांची के मर्डर के साथ फांसी की सजा दे देता है पर उससे पहले उसे एक अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए कहा जाता है और अब हमें पूरी स्टोरी का रियल प्लॉट पता चलता है जो ये था की सांची और हगुल ने जो कुछ भी कहा था वो अब तक सब कुछ सच था यथा तो विद्या का अफेयर चल रहा था और वो पैसों के लिए सांची को पागल बनाने के लिए वो दवा देते थे साथ ही इस गेम में एक और खिलाड़ी था वो था एसीपी मलिक दरअसल कुछ टाइम पहले पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए सांची पुलिस स्टेशन आई थी जहां पर उसकी मुलाकात एसीपी मलिक से हुई थी और उसके बाद उन दोनों के बीच चैटिंग होने लगी और वो चैटिंग कब बेडरूम तक पहुँच गयी पता ही नहीं चला एक बार सांची ने मलिक ऐसी अपनी जॉब फैमिली को छोड़कर उसके साथ इनके चलने के लिए कहा और जब इसके लिए मलिक ने मना किया तो वो उसे थ्रेड करने लगी और सांची का वो बॉयफ्रेंड जिसके साथ वो यूके जाने वाली थी वो मलिक ही था खुद को सांची से बचाने के लिए मलिक ने ये सब प्लान किया था उसने जेल के टाइम की फांसी के लिए अगुल को सा और बदले में मलिक उसे मेंटल प्रूफ करके फांसी से चढ़ने ऐसी रुकवा सकता था पर अगुल सांची ऐसी प्यारी कर बैठा था और उसे मार नहीं पाया था बहुत तो यथार्थ ने उसे मार दिया था वरना अगुल तो उसके साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहता था और इन द लास्ट अगुल पागलों की तरह इमेजिनेशन में सांची को अपने पास मौजूद करके उससे बातें करके जोर जोर से हंसने लगता है और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना